छतरपुर में दो के विवाद होने पर गोली चलने का मामला सामने आया है जहां गोली चलने से दोनों पक्षों के दो लोग घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है वहीं घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है छतरपुर के कोतवाली में जमीनी विवाद को लेकर दो आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने गोलियां चलाना शुरू कर दी जिससे दोनों पक्षों के दो लोग घायल हो गए जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां एक की हालत गंभीर बताई जा रही है हालत गंभीर होने आरोप उसे ग्वालियर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जाँच में जुट गई है कहा रहते यहाँ दुर्गा कलम प्लाट है सुबह के कुछ लोगों ने वहाँ पर तार वार डाल दी थी तार निकाल के उन्हें फेंक दी थी वो उस टाइम पे जब आए तो उन्होंने तार भी रोकने के मना किया कह रहे थे पहले हेमंत राजपूत को फ़ोन कर ले हेमंत राजपूत से बात करी ठीक है कह रहे तो अवैध कब तो तो जाए हमारी लिस्ट 2006 की है पागल खरात दो का है नगर में चढ़ा हुआ है वार्ड नंबर अड़तीस में